तो इस वीडियो में आज कैसे सीखेंगे हम लोग हम ये सीखेंगे कि जैसे जो हमारा पेमेंट गेटवे है इस पेमेंट गेटवे का नाम है कैश फ्री कैश फ्री पेमेंट गेटवे वे को किस तरीके से हम अपनी वर्डप्रेस की साइट से कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पेमेंट गेटवे का आपको एक्सेस होना चाहिए आपके अपने डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स पेमेंट गेट को रिक्वायर्ड होते हैं जो भी आपकी जी है या आपकी आपका कॉपी है जो भी इस कंपनी को रिक्वायर्ड है जब आप इस पर अकाउंट खोलेंगे तो कंपनी क्या करेगी आपको ये एक्सेस दे देगी एक्सेस मिलने के बाद क्या होता है उस बारे में बात करेंगे अगर एक्सेस मिलता कैसे है इसके लिए हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे फिलहाल हम इस वीडियो में ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने जो हमारा पेमेंट कैटे का जो तो डैशबोर्ड होता है इसको किस तरीके से हम अपनी कॉन्फिगर करते हैं कॉन्फिगर करते हैं ठीक है अब क्या है जैसे कि हाँ पे क्या है हाँ पे ना ना आपका आपका आपका जो जो प्लगइन होता होता होता होता है पर आपका होता है होता है है पर प्लगइन्स प्लगइन्स क्या एंड तो एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा सर्च प्लग इन प्लग इन तो यहाँ प्लग इन कैश फ्री तो मुझे ना जो प्लगिंग चाहिए हो, होगा अगर ये प्लग इन यहाँ पर होगा तो ये काम हो पाएगा अदरवाइज नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा तो 99.99.99 परसेंट .99, 99 चांस ये होगा ही होगा कैश फ्री ठीक है अब ये सर्चिंग सर्चिंग करने चीज़ लिए ठीक है अब यहाँ पर हमारे पेमेंट गेट पर कैश फ्री में यहाँ पे स्पेस नहीं है आई थिंक स्पेस को देते हैं फिर से सर्च करते हैं देखो इसके साइन दिख सिंबल दिख रहा है और इसका सिंबल देखो मैच हो रहा है तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा रेटिंग और देख लेना और थोड़ा सा पढ़े भी लेना ठीक है पेमेंट कैट पे, प्लगइन्स प्लग फॉर वो कॉमर्स वो कॉमर्स बेसली वू कॉमर्स के लिए हम कर रहे हैं तो हम करेंगे इसको इंस्टॉल ठीक है ये होगा हम किस वेबसाइट पे से अप्लाई कर रहे हैं आई टी न्यूज आई टी एन हम इसको कॉन्फिगर कर हैं कर दिया और इसको कर दिया हमें एक्सेस अपलाई एक्टिव एक्टिव करना पड़ेगा इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर इसको एक्टिव करना पड़ेगा तो ये प्लगइन ना आपके जो डैशबोर्ड है इस पर इंस्टॉल हो जाएगा आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे क्या हो जाएगा इंस्टॉल होगा अब हमें चाहिए कुछ सेटिंग्स इसके बाद हमें सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगी तो इंस्टॉल हो गया अब इंस्टॉल हो गया इस तरीके से आ गया अभी यहाँ पे कहीं पे लिस्ट हो जाएगा आपका प्लग इन आपको कैश फ्री यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा मे भी सबसे नीचे आएगा मे भी ये ऊपर जाएगा अगर आपको नहीं दिखता तो कोई बात नहीं हम इसे सर्च भी कर सकते हैं लिखा कैश फ्री लिखा हुआ वो ढूंढना पड़ेगा होता है यहाँ पे ना भी होता है यहाँ ना दिखाएगा यहाँ आ जाता है आपका इस इस सेक्शन में यहाँ तो फिलहाल मैं एक शॉर्ट तरीका यूज करता हूं यहाँ पे कैश फ्री लिख देता हूं कैश फ्री ठीक है कैश फ्री लिखने पे यहाँ पे आ गया देख अब यहाँ पे आता है इसका सेटअप क्या आता है इसका आप करने पे आपको क्या करना होता है आपको दो एक्सेस मिलते हैं ठीक है यहाँ पे आपका सेटअप आ गया यहाँ पे आपको कैश फ्री जैसे मैंने पे का भी दिखाया है जो जो जो जो जैसे पे पेमेंट गेट पे पेटीएम पेमेंट गेट पर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ पेमेंट का पे टी एम का भी मिल जाए ना बहुत अच्छा है अगर आप इसमें फ्री है चीज़ें आपका कभी दो परसेंट तीन परसेंट नहीं मिल है आपको पेमेंट में पेटीएम में काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं तो पेटीएम के लिए भी आप जा सकते हो फिलहाल मुझे पे का नहीं मिल पाया तो मैं ऑप्शन नहीं है मैं कैश फ्री के लिए जाऊँगा और कैश फ्री भी एक रेपुटेटेड ब्रांड है आप कर सकते हो उस पर ठीक है बाकी आप टर्म कंडीशन पढ़ लेना ऐसे किसी कहने पे ना चीजों को ना करें ठीक है तो यह कैश फ्री हो गया कैश फ्री एंड सेटअप इसको सेटअप करेंगे अब सेटअप जो मैं इसको करने वाला हूँ ना कैश फ्री को ठीक है यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इसकी setting आ सेटिंग आ गई है सेटिंग आ गई है तो यहाँ पे कैश फ्री टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हो ठीक है अब यहाँ पे जो भी लिखूंगा ना वो पेमेंट एक्सेप्ट करते समय शुरू करेगा ठीक है तो यहाँ पे जो मैसेज आप लिखोगे जब यूजर बाय करेगा तो मैसेज डिस्प्ले होगा डिस्क्रिप्शन में वॉलेट का आप ये कि आपका नेट बैंकिंग हो गया वॉलेट हो गया हर जगह आपको मिलेगा ये टेस्ट मोड है टेस्ट मोड सिर्फ टेस्ट मोड होता है मतलब तो ये एक्टिवेट नहीं होगा सिर्फ टेस्ट मोड रहेगा तो मुझे सीधा लाइव मोड किया और यहाँ पे ऐप यहाँ पे ऐप ए पूछ रहा है और यहाँ पे स्ट्रेच की पूछ रहा है दो चीजें पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है पेमेंट पेमेंट पेमेंट पेमेंट में दो चीजें पूछ रहा है Uh, अब यहाँ पे जाएंगे हम अपने अकाउंट में और यहाँ पे हम एक मिलता है मुझे सेटलमेंट प्रोडक्ट पेमेंट फॉर्म यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन आती है दूसरा ये नहीं चाहिए मुझे होम uh, में जाते हैं दैन प्रोडक्ट लें हम आ आ पे API कीज होती है। क्या होती क्या क्या ठीक है, है, है, ये ये दिखा रहा है। इसे इसे कॉपी कॉपी, कर कर लो लो, आप, और इसे और इसको हम यहां करते आ गया, गया, समझ में आपकी व्यू एपीआई की एक मैसेज आएगा ठीक है वो व्यू ए पी की मुझे वो लिख के रखनी होती है आपको ये दिखाता है शो नहीं करता है एक एक एक मैसेज आपका कोड आ जाएगा ये आपका वो रहता है क्या रहता है सिक्योर रहता है सिक्य। ठीक है ये आप स्ट किया ये सिक्योर होता तो यहाँ से आदरवाइज को लिख के रख लो आप ठीक है अब ये चीज़ अभी मैं ये हाइड करके रख रह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी ए पी और स्कैट्स की नहीं दिखा रहा हूँ इसको मैं हाइड करके रखा ठीक है क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन से दिखाऊंगा मे बी हमारी वेबसाइट में फ्रॉड हो सकता है तो इसको मैं यहाँ पेगा ठीक है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अपने जो पेमेंट गेटवे है उसको फॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ अब जैसे कि हमारी वेबसाइट पर कोई कुछ बाय करता है हम चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर अगर कोई कुछ बाय करता है तो बाय करते समय ये कैसे रिलेक्ट करता है वो देख लेते हैं ठीक है हमारी वेबसाइट खुल गई सपोज हमारी वेबसाइट से कोई कोर्स बाय करता है और अकाउंटिंग कोर्स के लिए चले जाते हैं और किसी को टैली पढ़ना है टैली बाई करना फोन है फोन नहीं पीजा अभी तक पेमेंट गेट चला पे चल रहा -पे था इस परम का पेमेंट गेट पे तो वो तो मुझे मिला नहीं रीजंस कुछ टर्म कंडीशन होती हैं वो फिलअप नहीं हो पाई कोई इशू नहीं कैश फ्री में आपको बहुत ईजी से आप मिल जाता है आप अभी तक कोई कोर्सेस है ना कोर्स एक्सेज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बाय नहीं है तो मैं स्टार्ट कोर्स करूँगा क्या करूँगा तो उसको स्टार्ट करो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर ये यह आ गया सॉरी ये मेरे एडमिन से ऑलरेडी एक्सेज हो रखा है तो इसको पहले लॉगआउट करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा लॉग आउट क्योंकि ऑलरेडी एक्सेज और था नहीं एडमिन जो होता है ना जब कोई वेबसेट बनाता तो है एडमिन होता है एडमिन को सारे एक्सेज होते हैं तो इससे कुछ बाय करने की जरूरत नहीं होती ठीक है आपको लॉगआउट करके ही इसको क्या करना पड़ेगा बाय आ गया यहाँ जाएंगे और फिर से इस बार फिर को उसको बाय करते हैं ठीक है वन टाइम पेमेंट करते हैं इसकी वन टाइम पेमेंट करने के बाद अप्लाई को अपन को डाल सकते हो ठीक है और ये हो गया प्रोसीज कर देते हैं इसको फोन नाइन इनका है ठीक है और यहाँ पे एड्रेस वेड्रेस डाल देते हैं तो सब कुछ और यहाँ पे प्रोसेस एंड प्रोसेस टू कैश कैशे ना प्रोसेस टू कैश भी लिखा yeah. हुआ हमारा है ना क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा यू पी आई के लिए यहाँ से यूज़ कर सकता है वॉलेट के लिए मेरे पास इतने वॉलेट हैं इन वॉलेट से मुझे पेमेंट हो सकती है नेट बैंकिंग यहाँ से पेमेंट सकती है अदर बैंक तो अदर आक तो इस तरीके से हम अपने पेमेंट गैट को कनेक्ट करते हैं किससे अपनी बट की वेबसाइट से